ये तो बहुत गहरा है तो नीचे जाकर ना का जरूरत नहीं है बाल्टी से पानी बाहर तो, गाना, गाना, गाना आता है नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा नहीं तो दो किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे क्यों अंदर कड़ी नहीं है रे और पहले तो दरवाजा भी नहीं था ऐसा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का उधर जा कमरे में अपना सामान रख दे जा